जब मॉडल का सामान्यतः यूज किसके साथ किया जाता है और किसके साथ नहीं यूज नहीं किया जाता है वो देखेंगे मॉडल का यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हमेशा किया जाता है मॉडल का यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा राइट होती है और मॉडल प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो गलत है यदि मॉडल प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म है वह भी गलत है यदि मॉडल प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस और एस ई एस है तो वो भी गलत है यदि मॉडल प्लस एडजेटिव है तो भी गलत है यदि मॉडल प्लस नाउन है तो भी गलत है यदि मॉडल प्लस एडवर्ब प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म है तो सही है हमेशा मॉडल का यूज मेन वर्क की फर्स्ट फॉर्म तथा मॉडल प्लस एडवर्ब प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है आपको वीडियो कैसे लगे लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं धन्यवाद